सो हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब और बच्चे होंगे मैं के पी आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों ये है राजनगर एक्सटेंशन देख सकते हो पीछे राजनगर एक्सटेंशन और ये चला जाता है राजनगर के लिए और ये आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे यानी कि आर बनाई जा रही है देख सकते हो तस्वीरें कुछ ये सीन है यहाँ का तो ये चला जाता है गाजियाबाद आर स्टेशन के लिए और इधर से अगर हम घूमते हैं इधर चला जाएगा दोस्तों देख सकते हो ये इधर चला जाएगा आपका मुरादनगर मोदीनगर मेरठ के लिए और उससे पहले देखो इस साइड का ये जो चमकरा है ना ये ये चला जाता है सीधा हापड़चुंगी होते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस से कनेक्ट हो जाएगा यानी कि एन एस में जा कनेक्ट हो जाता है दोस्तों तो यहाँ से चलते हैं आज हम सीधे सीधे और दिखाएँगे आपको आर आई गुल्ढर का स्टेशन के यहां पर क्या कुछ वर्क चल रहा है वो आप लोग देखेंगे इस वीडियो में तो चलते हैं और आगे आने वाला है गुल्ढर आरआईटीएस स्टेशन दोस्तों तो देखते हैं वहां पर अभी कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है वो आप लोगों को, को दिखाते हैं चल के दोनों साइडों का क्या व्यू है देखते हैं चल के क्योंकि ये साइडों में जो इसका स्ट्रक्चर है जो इसको बनाया जा रहा है भाई साहब वो बड़ा सुंदर देखने में लगता है ये गुलडर स्टेशन है देखो सामने वाला भी देख सकते हो दोनों साइड में आपको बता दूं कि राइट साइड का जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो बना लिया जा चुका है मतलब कि इस पर नाइन्टी परसेंट काम वर्क कंप्लीट हो चुका है इस वक्त के स्टेशन पर दोस्तों देख सकते हो इसके जो डिजाइन है साइडों का वो बनाया जा रहा है स्ट्रक्चर तो आप लोगों को दिखाते हैं देखिए कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है ये डिजाइन तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं साइडों से किस कैसा लग रहा है इसके स्ट्रक्चर इस तो अभी स्लो डाउन लग रहा है आगे इस वजह से ज़्यादा नहीं चमक रहा है देखते हैं चल के आगे कम है व्यू अच्छा देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों चलते तो रहे हैं इसी प्रोसेस में अब दिखाएंगे आपको उतर के, के क्या व्यू है यहाँ का देखते हैं उतर के फिर पता चलेगा दोस्तों कि गुल्ढन स्टेशन का क्या व्यू है दोस्तों कुछ ऐसा व्यू आ रहा है देख सकते हो ये गुलडर स्टेशन का तो इस पर ये साइडों का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है देखो किस तरीके से बनाया जा रहा है ये देख सकते हो आप लोग अपनी आँखों से कुछ ये ऐसा बनाया जा रहा है स्ट्रक्चर ये स्टेशन का ये देखो कुछ ये व्यू है यहाँ का ये गुलडर स्टेशन है तो अभी उधर भी बचा हुआ है ये बीच में इतना बन गया है ये वाला अभी इधर भी बनेगा देखो इसकी फैटरिंग ये लगाई जा रही है कुछ यही सीन है और वहां पर वो स्टेयर बनाने का काम चल रहा है देखो स्टेयर बना दी उन्होंने जो उसका स्टेयर के रूफटॉप का काम है वो किया जा रहा है उस साइड में ये देखो दोनों साइड में भी बनाया जा रहा है तो कुछ यही सीन है यहां का अब चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के देखो ये मशीन लगी हुई है जो साइड का स्ट्रक्चर बना रही है दोस्तों और आपको बता दूं कि ये दूसरी साइड में देखो कहाँ बनाया जाना है एंट्री और एग्जिट पॉइंट इसमें बस दो ही रहेंगे राइट में और लेफ्ट में एक एक, एक एंट्री एग्जिट पॉइंट रहेगा दोस्तों और देखो ये तोड़ा जा रहा है यहाँ से इन मकानों को तोड़ा जा रहा है देखो ये टूट गए ये तोड़ने के बाद में यहीं पर दूसरा स्टेयर बनाया जाएगा तस्वीरें देख सकते हो ये ये जमीन खाली कराई जा रही है तो यहीं पर बनेगा ये दूसरा एंट्री और एग्जिट पॉइंट और इधर ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है देखो पाप पानी की पाइपलाइन घेरी जा रही है दोस्तों ये गुलडर के स्टेशन पर और ये जैसी भी यहाँ पर वर्क करती हुई ये खुदाई कर रही है ये देख सकते हो तो यहाँ से हम चलेंगे सीधे अब कहाँ पर दोहाई आर स्टेशन को दिखाएंगे दोस्तों यहां पर ये ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर बनाई गई है देख सकते हो ये स्टेयर बनाई है जो ऊपर इस पर एंटर करने के लिए और यहाँ पर, पर गार्ड ये बिठाए हुए हैं me that i'm never gonna make it they want me to do something that makes sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck come and keep chasing shit i got out of potential is deep inside of me but they hate when you successful cuz they try to be they sit there being just meant to because you trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning and make a good impression on your boss और इधर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का काम है दोस्तों वो तस्वीरें देख सकते हो ये बनाया जा रहा है ये देख सकते हो तस्वीरें ये बनाए जा रहे हैं इसके जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उसके जो रैम्प होने वाला है दोस्तों ये देख सकते हो जो फुट ओवर होने वाला है ये देख सकते हो ऊपर से ऐसे जोड़ा जा रहा है तस्वीरें यह देख सकते हो ये एक वो पिलर देखो बना दिया उन्होंने देख सकते हो पियर कैप बना दिया एक उधर पियर कैप बन गया एक बीच में ये बनाया जाएगा और ये देख सकते हो ये सब्बे बना दिया जाएगा ये देख सकते हो तस्वीर है और इधर ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का काम चल रहा है ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट ये देख सकते हो तस्वीर तो इसके अभी उसका काम चल रहा है जो नीचे का काम है वो चल रहा है गाइस इसके फाउंडेशन बनाने का काम चल रहा है इस टाइम पे ये देख सकते हो तस्वीर है तो फाउंडेशन भी बना दिया इन्होंने देख सकते हो ये टीम लगी हुई है ये देख सकते हो ये सारे में इधर इधर की साइड में बनाया जाना है एंट्री और एग्जिट पॉइंट गाइस ये देख सकते हो तस्वीर है तो इसके अभी जो बर्क है गाइस वो अभी इसके जो पिलर का पियर कैप है वो बनाया जा रहा है तस्वीरें देख सकते हो जा रहा देख सकते हो पर तेजी दूसरी साइड में इधर बनाया जा रहा है देखो, देख देखो। ये सारी दीवार तोड़ दी है और पीछे दुकाने ये पहुंच चुकी है तो इसका जो रूफटॉप का काम है स्टेशन के ऊपर वो रूफटॉप का काम किया जा रहा है और दूसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट ये बनाया जा रहा है देख सकते हो ये सारे पिलर इसके खड़े कर दिए जा चुके हैं ये देख सकते हो फाउंडेशन का काम इन्होंने कर दिया है दोस्तों ये देख सकते हो तो चलो मैं आप सभी को उतर के दिखाता हूँ फिर आपको ज़्यादा पता नज़दीक से पता चले तो ये बनाया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट में ये देख सकते हो तशीर इधर भी एक्सीटर लग गया है इधर इस साइड में ये देखो कुछ यही बनाया जा रहा है इस साइड में और देखो इधर ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है इस साइड में इसका वर्क चल रहा है इस टाइम पर ये देखो ये कुछ काम चल रहा है यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का ये देख सकते हो ये फाउंडेशन का काम अभी किया जा रहा है इस साइड में ये देखो टीम लगी हुई है ये देखो तो ये बर्फ़ चल रहा है यहाँ पे वो चार में बना दिया जाएगा जैसा कि उन्होंने उधर बनाया वो और वैसा ही इधर बन जाएगा ये देखो रूफ़ टॉप का, का काम किया जा रहा है रूफ़ टॉप बनाने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे दोस्तों तो देख सकते हो कितना ज़्यादा वो है यहाँ पे। देखो सारे नई क्रीन मशीन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो इसका ये फाउंडेशन बना के और फिर देखो ये पिलर खड़े किए जा रहे हैं ये एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए तो यही है नज़ारा यहाँ का देख सकते हो आप लोग तस्वीरें और ये टीम लगी हुई है एन सी आर की ये एफको कंपनी द्वारा ये बनाया जा रहा है जो कंपनी यहाँ पर बर्फ कर रही है वो है एफको दोस्तों तो वही है इसमें चार एंट्री गेट हैं दो उधर हैं और दो इस साइड में हैं तो चलो आपको कैसा लगा वीडियो ठीक है गाई देख सकते कुछ यही थीन है यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का ठीक है देखो ये रूफ टॉप का ही काम किया जा रहा है देखो वो लगे हुए हैं मिस्त्री ये देख सकते हो यही चल रहा है यहाँ पर सारे में बर्फ ठीक है गाइस आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा रहते ही वीडियोस देखने के लिए केपी पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उतर प्रेस कर देना तुरंत तो बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देख रहे हो के, के चैनल पर गाइज देखो कुछ ये तीन है यहाँ का अब चलते हैं आगे ठीक है गाइस